रैल पी मारी तो नवेगी मन मै मतली सैलती मारे तो नवे मन मैम मतली सैलती मारे तो न नवे मन मैम मतली सैलती मारे देवता देवता थ गोभीजियाारो पान गेजे देवता देता थ गोदेजियावे थारो बन गेजी देवता देता थोदी जिया फोन के बिना मारो मन को लागे फेड़िया खचिका फोन के बिना मारो बन को लागे फेरिया खचिका फोन के बिना मारो भन को लागे फेड़िया खचिका फोन के बिना मारो भन को लागे फेरिया खचिका फोन के बया हारो मन गौ ला गे फिर केरी माल या पाकर वीडियो कॉल पूरा नौकरी माल या पाकर वीडियो सेवा से वास प्रणार राजे राजे ले योगे में सेवा प्रणार राजे राजे बोल योगे में सेवा प्रणार राजे राजे बोल योगे में से वास प्रणार राजे राजे